बिसमीम देखो अल्लाह ताला ने हम लोगों को इंसान बनाया इंसान ये बहुत बड़ी चीज़ है ये उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमको इंसान बनाया उससे बढ़कर जो हमें न्यामत मिली है वो मिली है ईमान की कि उसने हम लोगों को ईमान वाला बनाया मुसलमान बनाया और फिर उसने इंसान बनाकर मतलब मुसलमान बनाकर साथ ही ये बड़ा एहसान किया किया लेकिन इसके साथ उसने इस पूरी कायनत को हमारे लिए सजाया चाँद को अलग बनाया और सूरज को अलग बनाया दरख्तों को अलग बनाया नहरों को अलग बनाया ज़मीन को अलग बनाया बादलों को अलग बनाया ताकि पानी बरसे फिर ज़मीन से गला पैदा हो जानवरों को अलग बनाया चरिंद को अलग बनाया परिंद को अलग बनाया देखो जानवरों में देखो भैंस जो कि एक भूसा खा रही है और बीच में उसके क्या है एक तो दिल है और गोबर है उसके बीच में दूध है तो वो गोबर वो क्या कहते हैं भूसा जो खा रही है वहाँ से क्या मिल रहा है उसके बीच के बीच में से इंसान को साफ दूध बिल्कुल कैसा लबनन खालिसन साफ़ सुथरा दूध मिल रहा भैंस का दूध ऐसा ताकत वाला दूध कि अगर आपने एक बार उसको हलग से नीचे उतारा तो फिर क्या होगा दूसरा दूध जो है ना आपके हलब को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी खुद बखुद उतरता चला जाएगा तो अल्लाह ने जब इंसान को बनाया इतनी सारी चीज़ों को उसके फ़ायदे के लिए बना दिया ये सारी नमतें उसको दे दी तो उस रब का शुक्र अदा करना चाहिए उस रब का शुक्र अदा करने के बाद बाद हमें उसने कुछ ज़िम्मेदारियाँ इस दुनिया में देकर भेजा है कि जब उसने हम सब के लिए इतनी बड़ी कायनात को सजा दिया दुनिया को सजा दिया सारी चीज़ों को हमारे फ़ायदे के लिए बना दिया तो अब हमें भी कुछ ना कुछ उसने अपना काम दिया अब जो इंसान है ना वो अपना बुनियादी काम भूल गया अभी मिसाल के तौर पर समझो हर कोई अपना काम कर रहा है सिर्फ एक इंसान है जिसके दिमाग भी बनाया अल्लाह ने दिल भी बनाया समझने वाला सब कुछ बनाया मतलब बहुत बड़ी चीज़ बनाई इंसान लेकिन आज वो अपना काम क्यों नहीं कर रहा क्यों वो आज अपना काम भूल गया मेरे दोस्तों समझो एक मोबाइल मोबाइल कब आया 1985 के आसपास से आया अब मैं आपसे पूछूंगा कि मोबाइल का, का काम क्या आप में से बहुत से बहुत से लोग बता देंगे कि मोबाइल एक की कॉल आना और कॉल करना और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं मोबाइल से लेकिन मेरे भाई याद रखना जब मोबाइल आया तो सिर्फ मोबाइल का जो काम था ना बुनियादी काम उसका यही था कि एक दूसरे की कॉल को सुनना मतलब एक दूसरे की कॉल आना और कॉल जाना एक दूसरे की आवाज़ को सुनना इसके अलावा उसमें कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं अब जो उस दौर के मोबाइल को जो नाम दिया गया वो दिया गया फर्स्ट जनरेशन वानी वन जी नाम दिया गया फिर इसी तरीके से मोबाइल ने और तरक्की करी और आगे बढ़ा जब उसने इसी मोबाइल में अभी तक क्या कर रहे थे खाली एक दूसरे की वॉइस को ही सुन पा रहे थे अब उसने क्या करा इसमें एस की सुविधा भी ढूँढ ली अब इस जो जनरेशन के मोबाइल को नाम दिया गया वो दिया गया सेकंड जनरेशन यानी टू जी नाम दिया गया फिर इसी तरीके से इसी एस में अभी तक हम एस भेज रहे थे अब क्या हुआ कि उसने अब इसी एस में तस्वीर भेजने यानी फ़ोटो भेजने की भी सुविधा निकाल ली इतनी तरक्की कर ली मोबाइल ने तो अब इस जनरेशन के मोबाइल को जो नाम दिया गया ना वो दिया गया थर्ड जनरेसन यानि यानी थर्ड यानि, थर, यानि यानी 3G नाम दिया गया फिर इसी तरीके से जब इसी एस में मूवीज़ मानी बहुत सारी चीज़ें भेजी जाने लगी बड़ी बड़ी क्लिप बड़ी बड़ी वीडियो सारी चीज़ें भेजी जाने लगी तो फिर क्या हुआ अब जो इस जनरेशन के मोबाइल को जो नाम दिया गया वो दिया गया 4G, यानी फोर्थ जनरेशन का नाम दिया गया इसी तरीके से मेरा भाई ज़रा सोचो कि अब फाइव आ गया उम्मीद करते हैं कि 5G में पूरी दुनिया की चीज़ें होंगी कोई भी ऐसा काम नहीं होगा दुनिया का जो मोबाइल से ना लिया जा रहा हो ना लिया जा रहा हो लेकिन हम सोचें मोबाइल आज अपना काम क्यों नहीं भूला मिसाल के तौर पर आप अगर मोबाइल चला रहे हैं एक तरफ आप गेम खेल रहे हैं दूसरी तरफ आप इंटरनेट पर सर्चिंग कर रहे हैं तीसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं कुछ भी वॉच कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफ अब इसी दरमियान आपके कॉल आ जाती कहीं से मोबाइल क्या करता उन सारी चीज़ों को अपने आप स्टॉप कर देता और बताता है कि पहले भैया ये कॉल जो आ रही है ना वो इम्पोर्टेंट है ये ज़रूरी है कॉल को सुनना मतलब मोबाइल वो सारे काम को बंद कर देता है जो उसके नहीं है और जो उसका काम बुनियादी है ना वो उसको पहले दिखाता तो आप चाहे दस विंडो खोले लेकिन जैसे ही एक की कॉल आएगी मोबाइल उन सारी चीज़ों को इस्टॉप कर देगा तो हम जरा सोचें कि मोबाइल आज जो है ना इतनी तरफ की करने के बावजूद दुनिया के उसमें हर चीज़ होने के बावजूद आज वो अपना बुनियादी काम नहीं भूला लेकिन हम जो इंसान हैं अल्लाह ने हमारी पूरी इस कायनत को हमारे लिए सजा दिया चरंद परिंद को हमारे लिए बना दिया हर एक एक चीज़ नेमत हमारे लिए कर दी हमको दिमाग दिया दिल दिया सब कुछ दिया और तो फिर हम अपना काम क्यों भूल गए हम ज़रा सोचो हम जरा बताएँ कि हम अल्लाह की कॉल पर दिन भर कितनी बार आवाज़ देते हैं लब्बैक कहते हैं हाजिरी देते हैं मस्जिद में मौजिन जब पांच बार दिन के अजान देता है तो हम कितनी बार अपना काम रोककर कर मस्जिद जाते हैं मेरे भाई काम रोककर कर मस्जिद जाना तो दूर की बात है अजान होती है तो हम अपनी बात करना भी बंद करना मुनासिब नहीं समझते हैं तो मेरे भाई क्या हो गया है? हमें क्यों दुनिया से मोहब्बत है दुनिया बनाने वाले से क्यों नहीं आज मोहब्बत है मेरे भाई देखो हमारे पास टाइम है अभी हमारे पास टाइम है कुछ नहीं गया याद रखना मौत का वक्त किसी को नहीं मालूम है मौत एक खुला हुआ राज है मौत एक खुला हुआ राज है खुला हुआ इसलिए कि हर कोई जानता है कि हमें मरना है और राज इसलिए है कि कोई ये नहीं जानता कि हमें कब और कहां कैसे मरना है और आप लोग देख ही रहे होंगे कि अभी नौजवान हो चाहे कोई भी हो हार्ट अटैक की कैसे बीमारी लोगों को परेशान कर रही अटैक कर, कर रही लोगों के ऊपर अभी कोई अच्छा भला गया था उसे अटैक आता फ़ौर मर जाता तो मेरे भाई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है पांच चीज़ें अल्लाह ने किसी को बतलाई ही नहीं है पांच चीज़ों का इलम अल्लाह ने किसी को दिया ही नहीं है तो पहली उन्हीं में से चीज़ है कि, कि कयामत कब आएगी ये अल्लाह ने किसी को नहीं बदलाया दूसरी चीज़ बारिश कब कहाँ कैसे होगी ये भी अल्लाह ने किसी को नहीं बदलाया तीसरी चीज़ है कि माँ के पेट में जो नुफा जा रहा है उससे क्या बन रहा है ये भी किसी को नहीं बदलाया चौथी चीज़ वो यही है कि कल आपकी कितनी अर्निंग होगी कल आपकी कितनी कमाई होगी यह अभी आपको ये भी नहीं अल्लाह ने बदलाया ये भी अल्लाह के इम है कि एक हज़ार होगी दो हज़ार होगी चार हज़ार होगी कुछ नहीं कितनी प्रॉफिट होगी और कितना लॉस होगा ये भी कुछ नहीं बताया इसी तरीके से पाँचवीं चीज़ है कि मौत कब कब कहाँ और कैसे आएगी तो मेरे भाई पाँच चीज़ों का इलम हमें अल्लाह ने दिया नहीं तो उन्हीं में से मौत है मौत का वक्त हमें मालूम ही नहीं है तो मेरे भाई ज़रा सोचो नमाज़ पढ़ने में कितना टाइम लगता है ज़रा सा तो मेरे भाई मोबाइल जब इतनी तरक्की करने के बावजूद दुनिया की हर एक चीज़ उसमें होने के बावजूद आज वो अपना बुनियादी काम नहीं भूला तो हम मेरे भाई क्यों आज अपना बुनियादी काम भूल गए दुनिया में पढ़ कर? मेरे भाई हमें मरना है कब्र में जाना है वो कब्र हमारा इंतज़ार कर रही है लोग हमें छोड़ आएँगे थोड़े दिनों में हम वहाँ अकेले जाएंगे तो मेरे भाई ज़रा सा टाइम लगता देखो हम भी लाइन में लगे हुए हैं मौत की हमारे सामने हर कोई ना कोई मर रहा है हर मिनट कोई ना कोई इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है अब हम भी क्या इसी लाइन में लगे हुए हैं अब ये लाइन इतनी ख़तरनाक है ना हम इस लाइन को छोड़ के जा सकते हैं ना ही इस लाइन को हम हटा सकते हैं हमारा नंबर आना ही आना है अभी इसका है कल हमारा है तो जब तक हमारा नंबर आ रहा है हम अपनी बारी का इंतज़ार करें तब तक, तक हम अपने रब से रिश्ता मजबूत करें और अपने गुनाहों से माफ़ी तलाफी करें और क्या करें खूब अल्लाह की इबादतें करें नेकियां करें और अपना ठिकाना अच्छी जगह बना लें और आने वाला जो ज़िंदगी है ना आने वाली असल उसकी फिक्र करें अल्लाह ताला हम लोगों को सही दीन की समझ अदा फरमाएँ कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तोफ़ी अदा फरमाय आमीन